मतलब मतलब उड़ाया और उड़ाया और अब्दुल ने जहाज भड़काया भैया <laughs> तो कंधार कौन जगह है कंधार उन्नीस सौ निन्यानवे में हमारा एक जहाज हाईडेक करके कहा लेके चले गए कंधार में ये जहाज कहा गया, गया था हाईडेक में देखिए भैया जहाज में जब भी बैठेगा तो आपके हर चीज की जांच होती है आप मतलब, मतलब हथियार वगैरह तो नहीं लेगा। तो पाकिस्तान ने अपने कुछ आतंकवादियों को यहां इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हथियार देके कहा चढ़ा दिया एयरपोर्ट में खुदे हथियार भेज के कहां भेज दिया, दिया? काठमांडू एयरपोर्ट अब जब वो काठमांडू के कंधारे एयरपोर्ट पर उतरे है काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरे थे त्रिभुवन एयरपोर्ट तो वहां से उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठ गए अब वहां दोबारा जांच नहीं होता है क्योंकि उन लोग ये मान लेते हैं कि भैया यहाँ के एयरपोर्ट से घुस के आया है तो यहाँ तो जांच हो ही गया है ऑलरेडी अब बस इसको फ्लाइट चेंज करना है तो जांच क्यों कराया जाएगा जबकि ये लोग क्या, क्या थे हथियार देके भेजते थे और यहाँ से एयर इंडिया के आईसी नामक जहाज में ये लोग बैठ गए और ये बैठ गए और जैसे उड़ान भरी तो हथियार निकाल के टांग दिया कहा कि जब जहाज को लैंड करा चलो कहा लेके चलो लाहौर लेके चलो चलो लाहौर तो पायलट बहुत ही समझदार था कहा कि लाहौर ले जाने का कोई इतना फ्यूल नहीं है उनको समझाया भी कि भाई देखो जहाज है इसमें उतने फ्यूल दिया जाता है जहां तक जाना है और फिर इमरजेंसी लैंडिंग का फ्यूल होता है हम दिल्ली उतार सकते हैं तो कहा कि दिल्ली तो उतारने ना देंगे तो आतंकवादी दिल्ली न उतारने देंगे तो उसको कहा उतारा गया अमृतसर जबकि वो चाहता तो लाहौर उतार देता लेकिन कहा उतरवाया अमृतसर और अमृतसर जब उतार दिया गया तो भारत के पलरे में गेंद था भारत को जो चाहे कर सकता था लेकिन वहां भारत ने बड़ी बहुत ही गलती कर दी भूल कर दी भारत में जब वो अमृतसर उतरा तो पायलट कर रहा था हमारे पास थोड़ा भी फ्यूल नहीं है। no fuel, no fuel. अरे यार जो थी अमृतसर एयरपोर्ट की उसको लगा कि जब इसके पास फ्यूल नहीं है तो उड़ेगा कैसे वो लोग फ्यूल भरने में एक घंटा लगा दिए उन, उन लोग को यह दिमाग नहीं काम किया कनपट्टी कि पे बंदूक रखल है क्या कहेगा अरे तेल बचल है झूठे बोल रहे हैं फ्यूल नहीं हैं क्या कहेगा कभी बोलेगा ना लेकिन ये लोग को नहीं अब वो घुसिया गया सब भाप गया सब ऐसा कहा कि गोली मार सोचा तो तेल है चाहे उड़ाओ ना तो, तो गोली मार देंगे आप यहाँ पे आईसी एट वन फोर विमान था वहां पर देखिए दिखाते हैं नाम जहाज का एयर इंडिया के जहाज का कोड नाम था आईसी एट वन लैंड कराया गया जब एयर इंडिया के जहाज को तो सबसे बड़ा गलती तो हम लोगों ने कहा कर दिया भैया एयरपोर्ट पर ही कर दिया वहां पर हम यहाँ भाई जब इन लोगों ने एयरपोर्ट पर उठा उतार दिया इसको तो यहाँ पर भारत के पास एक चांस था किस चीज का कि पे कुछ कर सकते बट यहाँ पे गलती क्या किया गया इन लोग को लगा कि जो एयरपोर्ट जो पायलट ने लैंड कराया इसके पास फ्यूल नहीं है जबकि पायलट समझदार था वो झूठ बोल के किया था और उसके बाद से जहाज को उड़ा के ले गया उतने फ्यूल में और लाहौर उतरवाया और पायलट सबको इतना प्रेशर था आतंकवादी सबका रसा एयरपोर्ट दिख रहा उतार उतार उतार सोच अब पायलट कभी लाहौर गया नहीं था उतारने गया तो उससे देख रहा है सड़क है क्योंकि रात के समय पे एयरपोर्ट पे उतारने का एक के रास्ता होता है लाइट जलाई गई रहती है और हाईवे पे भी सीधे लाइट जल रहा होता है उतारने गया कहा तो ये सड़क है उतार देंगे वापस फिर उठा रहा है उसको लाहौर एयरपोर्ट पे लाहौर वाला तो पहले से मिला था सब उसने तो कहाँ का लेके चलाया हम लोग तो खुदे पहुंच जाएंगे तो आतंकवादी कहा सके कर तेल खत्म भाई लेकर तेल भरिएगा हम दुबई लेके जाएंगे यहाँ पर तो तेल भरवाया गया यहाँ पर पहले वो लोग तेल कहाँ भरे लोग इस्लाम लाहौर एयरपोर्ट पे लाहौरी एयरपोर्ट के बाद इनको जाना था कहां पर कंधार तब तो, तो रात हो गया पायलट इतना था कि चंडीगढ़ में ही पूरा टाइम खराब कर दिया था अमृतसर में और सोचिए अफगानिस्तान कितना पीछे है कि वहाँ रात में जहाज उतारने की सुविधा नहीं है जबकि हाई पावर का टॉर्च भी रहेगा ना तो आप उतरवा सकते हैं वहां पर लाइटिंग ही तो जरूरत रहती है बाकी कौन सा चीज रहता है एयरपोर्ट वहां तो वही रहता तो यहाँ रात में जहाज नहीं उतर सकती है तो इनका पूरा प्लान चौपट हो गया अब क्या करें लाहौर उतारना नहीं था अमृतसर उतारना नहीं था जहाज को सीधे ले आना था दुबई कंधार ले आना था तब यहाँ से कहा लेकर गए लोग दुबई दुबई में यहां पर अब भारत सरकार करिए कि हमको कमांडो कार्रवाई की अनुमति दीजिए तो दुबई सरकार करिए कि आपके यहाँ उतरल था तो सुतल थे हम नहीं दे सकते और कोई क्यों देगा रियली बात बताइए अमेरिका का जहाज हाईजेक होगा तो मुंबई में तो हम लोग क्या कहेंगे कमांडो कार्रवाई कीजिए हमको क्या जरूरत है दूसरे की लड़ाई में पढ़ने का आपका आप समझिए आप, भारत ने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती की थी जिस वक्त ये रुका था जहाज ना तो ऐसे में भारत सरकार को भी चाहिए जिस तरह से आग लगता है तो ऑटोमेटिक कैसे पानी निकलने लगता है वैसे ऑटोमेटिक एक ऐसा सिस्टम रहना चाहिए बेहोशी की दवा निकलने लगे गैस निकलने लगे बेहोशी के, के चक्कर में पायलट आज आराम से दाप दे उतारने के बाद अपनो बेहोश हो जाए हाईजेक वाला भी बेहोश हो जाए सर सा, सब बेहोश जहाज में दो घंटा कमांडो आएंगे सब खोल खाल के लेके चल जाएंगे ये सुविधा हर जहाज में होनी चाहिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आप बताइए कि नहीं होना चाहिए ये, ये बंगाल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हा? आगे कौन इलेक्शन होने वाला तमिलनाडु में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हर जहाज में यह सुविधा होना चाहिए हाईजेक का झमेले खत्म अंदर बेहोश पायलट बटन दाप देगा काम खत्म हम भी बेहोश तुम भी बेहोश काम खत्म सब बेहोश और सिस्टम बना देना चाहिए कि जैसे वो इंजेक्शन मतलब बेहोश का दवा वाला बटन दबाए तुरंत अपने एयरपोर्ट के पास वो मैसेज चला जाए वो बटन दबने में दो काम चला जाए। का, दूसरा यहां से गैस निकल जाए अंदर सब बेहोश उठाएंगे इंडियन आर्मी के कमांडो चलिए अब्दुल भाई चलिए संधि पीछे पड़े होंगे ना कुछ संधि ऐसी होती है समास वगैरह में एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं सुने की नहीं ऐसे समास होते हैं सब द्वंद समास बोलते हैं ना समाज एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं उसी को नहीं बोलते हैं जी तो उसमें होता है ना एक सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब सुरेश जहाज उड़ाया द्वंद समाज में अब बस इसका नाम चेंज करी। अब्दुल ने जहाज उड़ाया सब देखी है लेकिन अंतर हो जाएगा सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया <laughs> तो इसको कहते हैं द्वंद्व एक ही शब्द के दो नहीं है अच्छा वो वाला दोनों टाइप का एक ही सब ये तो नहीं बहुब्रीही हो जाता है सर तो ये जहाज में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए होना चाहिए सबसे पहले कहाँ से होना चाहिए बंगाल से होना चाहिए चलो उसके बावजूद देखो हम लोग ने कहा गलती किया जिस वक्त ये जहाज लैंड किया था दो घंटा हमारे पास था भाई साहब यहाँ पे ये जो इतनी खिड़कियां दिख रही है इस खिड़कियों से भी अगर हम लोग लॉन्च कर देते ग्रेनेड लॉन्चर समझते हैं बॉम्ब लॉन्च किया जाता है उसमें हम लोग अगर जो आंसू गैस का गोला होता है उसमें अगर बेहोश करने वाला के अगर छोड़ देते इसमें तो कितने लोग इसमें बेहोश हुए टायर तो भड़का सकते थे भागने के बाद उसने चार चार खुनखार आतंकवादियों को छोड़वा लिया हमारे तिहाड़ जेल से उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे छोड़वा लिया और हमारे मंत्री जी लोग लेके गए थे अपने यहाँ से उन आतंकवादियों को कहाँ पर अफगानिस्तान में यहां से दिल्ली से उड़ान भरे थे अफगानिस्तान के कंधार में लीजिए ये आतंकवादियों को लीजिए हमारे लोगों को छोड़िए इस बीच उन्होंने एक आदमी की हत्या भी कर दिया था पर वो लोग नेपाल से छुट्टी बना के आ रहे थे और उस चार आतंकवादी में से तीन ठो मर गए एक अभी भी बचा है जिसका नाम है मौलाना मसूद अजहर जिसे हम लोग एड़ी चोटी लगा दिए हैं आतंकवादी की श्रेणी में घोषित करने के लिए और चाइना उस पर इंटरनेशनल में बीटो लगा देता है हम लोग देख रहे हैं आतंकवादी जब पकड़ता है तो हम लोगों के सुगा की तरफ पोसते हैं बोलो मिठू सचुरा अरे टपका के काम खत्म कीजिए ना हाईजेक कराएगा ना कुछ और जब हम लोगों ने उसको दिया भी तो किस तरह से उसको आराम से दुल्हा की तरह दे दिया लो लो लो लो लो अरे भाई साहब एक बार कम से कम हमरा से फोन करके पूछते उसको चुपचाप एगो इंजेक्शन लगाते चलिए ताकत का इंजेक्शन लीजिए जाइए काम खत्म कहा नहीं समझ रहे दुनिया में अगर आपने छल कपट नहीं सीखा तो क्या सीखा इस देश के लिए ससुरा कुछ करना पड़े मानवता की हद लांगनी पड़े तो लांग दीजिएगा देश रहना चाहिए बाकी कुछ रहे चाहे ना रहे क्योंकि देखिए जब बात आ रही थी ना महाभारत में जब बात महाभारत में आ रही थी ना तो दुनिया में उतना छल कपट हुआ ही नहीं होगा जितना महाभारत में हुआ है लेकिन केवल और केवल सत्य को जिताने के लिए हुआ है तो जब बात सत्य की आती है ना तो सब भूल जाइए आप मानो है या राक्षस है सारी हदें लांघ जाइए सत्य की जीत होनी चाहिए आज भी वो आतंकवादी खुलियाम घूम रहा है उन लोग को छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए पे असल में उस समय हम लाइव नहीं पढ़ाते थे लेकिन अभी अगर भगवान न करे ऐसा नौबत आए लेकिन आएगा तो आदमी खान सर खड़ा रहे लेकिन समाज में देखिये सब सोच का भी डिफरेंस है इसराइल का ऐसा ही लोग वैसे आतंकवादियों का मन बढ़ गया था जराइल के ना सैनिकों ने यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया इसराइल को किडनैप कर दिया इसराइल के जहाज को किडनैप करके युगांडा लेके चले गए कहा लेके चल गए युगांडा कहा कि हमारे आतंकवादियों को वापस करो ने कहा रुक तोरा बताते हैं तीन जहाज भर के आया सब युगांडा में मार होकर उन सब का एयरपोर्ट ध्वस्त करके अपने लोगों को लेकर चल गया सर कहा वापस करो यहाँ <laughs> मार के चल दिया सर तो हम लोग के लिए बड़ी खतरनाक जगह था कंधार समझ आ गया आप लोग को अब कंधार किसी को कोई दिक्कत नहीं कंदार में भारतीय जहाज आईसी एट को हाईजैक करके लेके है। अभी अफगानिस्तान से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है अफगानिस्तान जो है अफीम के लिए प्रसिद्ध है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान ये तीनों देश किसके लिए है अपीम के लिए किसके लिए भैया अफीम के लिए